श्री गुरुचरण सरोज राजा निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार बुद्ध हीन तनु जानिक सुमिर पवन कुमार बल बुद्ध विद्या मोहि हरहु कलेश विकास तो दर्शकों हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए मंगलवार दिनांक 17 दिसंबर का राशिफल क्या कुछ कहता है आपके तारे आपके सितारे क्या कह रहे हैं इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि 21 और बाईस दिसंबर को जयपुर आगमन हो रहा है अट्ठाईस उनतीस तारीख को नई दिल्ली में आगमन हो रहा है तो इच्छुक दर्शक आसपास के क्षेत्रों से आप लोग मिल सकते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग हैं तिथिवार नक्षत्र योग कर मंगलवार दिन रहेगा विक्रम संबंध दो हज़ार छहत्तर 1941 उन्नीस सौ इकतालीस प्रधामी नामक संवत्सर चल रहा है और मंगलवार को दर्शकों जो दिशाशूल रहता है ये उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए यदि यात्रा करनी पड़ जाए उत्तर दिशा की ओर तो आपको गुड़ का सेवन करना पड़ेगा मसूर का सेवन करना पड़ेगा केसर का सेवन करना पड़ेगा और पहले दक्षिण दिशा की ओर आपको चार पक्ष चलना होगा तदुउपरांत उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ेगी दर्शकों देखिए आज जो तिथि रहेगी ये कृष्ण पक्ष की ष्ठी तिथि रहेगी और नक्षत्र रहेगा मघा मघा बेसिकली केतु केतु का नक्षत्र है तो जो भी बच्चे आज जो है जन्म लेंगे तो मघा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे करड़ रहेगा अगर इसके उपरांत वरिष्ठ और अंतिम करण रहेगा कौलव योग रहेगा विस्कुंभ इसके उपरांत प्रीति योग रहेगा अशुभ काल पर आ जाते हैं राहु काल का समय क्या रहेगा तो आज का राहु काल रहेगा दोपहर दो बजकर छत्तीस मिनट से तीन बजकर चौवन मिनट के बीच राहु काल में शुभ कार्यों को करने से बचिएगा आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है यदि शुभ कार्यों को करना पड़ जाए तो आपका प्रयास रहेगा कि ग्यारह सुबह से लेकर के बारह के बीच आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं इस दौरान यदि आप कार्य करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे दर्शकों जो चंद्रदेव चलायमान रहेंगे या सिंह राशि में चलायमान रहेंगे तथा तो सूर्य देव इनका ट्रांसिट हो चुका है धनु धनुराशि में सूर्य देव चलायमान रहेंगे लेकिन 24 जनवरी तक का जो योग रहेगा ये बहुत ही गड़बड़ रहेगा पूर्व में भी हमने दर्शकों भविष्यवाणी अपने चैनल पर की थी कि आगजनी से संबंधित घटनाए होंगी और देश में इस समय क्या हालात है आप लोग देख ही सकते हैं तमाम लोग जो मतलब जिनको रत्ती भर पैसे की बुद्धि नहीं है वो लोग रोड करके उतर करके इस तरीके से अहिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है तो ये चीज़ें दर्शकों देखिए हुई हैं छः ग्रहों का संयोग बनने वाला है और काफ़ी कुछ आप लोगों को सावधान रहना है खास करके जो है चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस को तो विशेष रूप पर सावधान रहना क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उससे संबंधित भी एक हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जा के देख सकते हैं बढ़ते हैं हम अपनी राशिफल की ओर हमारी जो है पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि मेष राशि के जातकों का क्या कुछ रहेगा हाल तो देखिए मेष राशि के जातकों आज का दिन का जो प्रारंभिक भाग रहेगा ये आपका अच्छा बीतेगा आप मेहनत करेंगे और इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे आज का समय अधिकतर आप लोग खेलने कूदने में व्यतीत करेंगे आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं इसके लिए आज आपको अपने किसी जो है क्या कहते हैं विश्वास पात्र से सलाह लेनी होगी कि धन का निवेश आखिर में आप करें तो करेगा आज का दिन घर में किसी नए मेहमान के आगमन का सूचना जो है सूचक देता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज जिसके साथ आप रहते हैं उससे बात विवाद आपसे करने से बचना होगा जीवन साथी के साथ भी आज, आज आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज, आज, आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और हनुमान जी को बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए पीला रंग शुभ रहेगा अंक नौ शुभ अंक रहेगा वृषभ राशि के जात भाई बहनों की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने भाई बहनों की सलाह से आज आज आप लोग आगे हुए दिख रहे हैं हैं पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की आज आपके लिए बन सकते हैं। बेहतर रहेगा कम बोलें तो अच्छा रहेगा आज के दिन कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे आज आपके सहकर्मी आपकी बातों को मानेंगे आपके काम की तारीफ होगी अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे उपाय को उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कि दिन शुभ बने तो देखिए आज प्रयास करिए कि भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और सूर्य देव के समक्ष बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वहीं मिथुन राशि के जातकों आज दाँतों का दर्द अचानक से उठ सकता है पेट की तकलीफ आज आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है आज तुरंत आराम यदि पाने के लिए आपको अच्छे चिकित्सक की सलाह लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। आज शाम के समय धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा जो लोग व्यापार से संबंधित हैं तो धन लाभ की आशा उनको पूरी होगी प्रबल संभावना है जो लोग कॉस्मेटिक चीज़ों का व्यापार करते हैं ट्रेवल से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं या केमिकल चीज़ों का व्यापार करते हैं इनको आज अच्छा धन लाभ होगा इसके साथ साथ आज कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी पूर्व में दिया गया जो किसी को उधारी धन है ये आज आपको वापस मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि गाय को मसूर की दाल खिलानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो कर्क राशि के जातको आज के दिन जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है आज जीवन की कई परेशानियां आपकी जो है दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सा... इसके साथ साथ आज, आज आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी जो कि आपके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ेंगी जो आज आपके घर परिवार के लिए भी बेहतर रहेगा आज घर में प्रसन्नता का अनुभव होगा कोई घर में जो है आज किसी की शादी तय हो सकती है या किसी के विवाह के फंक्शन में भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए कि पहली बात तो किसी से झूठा वादा मत करिए दूसरा आज के दिन आप लोगों को जो है नवयुवकों को कुछ बेसन के बने हुए लड्डू का जो है आप बांट सकते हैं या गुड़ का आप लोग दान कर सकते हैं लेकिन किसी नवयुवक को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए सितारे क्या कहते हैं तो सिंह राशि के जातकों आज का दिन कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपको विजय दिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा ध्यान करने की सितारे सलाह दे रहे हैं तथा तो आज आपका धन का एक हिस्सा अपने संतान की शिक्षा पर खर्च करना पड़ सकता है रिश्तेदारों से आज अचानक आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है लेकिन बहुत हद तक की चांसेस है कि आज वो लोग भी एक्सपेक्ट करें आपसे कुछ चाहते हों मतलब आपको कुछ गिफ्ट दे करके आपसे कोई काम निकलवाना चाहते हों प्रेमी जीवन में जो है आशा की नई किरण बिखरती हुई दिखाई पड़ रही है आपका आज कोई नए व्यक्तियों के साथ जो है या किसी नई स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और संभवतः ये जो प्रेम संबंध है ये आगे विवाह के रूप में प्रवणत हो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए दूसरा आज प्रयास ये करिएगा कि गाय को आपको गुड़ जरूर खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि देखिए दर्शकों आती है ये आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों आज मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में आपको सहारा लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपके यहाँ किसी तरी तरह धन हानि होने की संभावना है इसलिए सितारे सलाह दे रहे हैं कि जितना हो सके धन की बचत करिए किसी को उधार आज आपको नहीं देना है और बड़े बड़े वादे आज, आज आपको नहीं करने रहेंगे जीवन साथी के साथ जो है तरफ से आज, आज आपको कुछ आ, क्या कहते हैं एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है और जीवन साथी आज धन के मामले में भी आपकी मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ आज, आज आपके घर में किसी नई संतान उत्पत्ति का योग भी बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मोचक मंगल स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा दूसरा कोशिश कीजिएगा कि मंगल के तांत्रिक मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच तुला लिब्रा जी हां क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो तुला राशि के जात आज अपने बच्चों के लिए योजना बनाने के लिए अच्छा दिन रहेगा आपको अपने जीवन साथी को खुद के हालात समझाने में परेशानी महसूस हो सकती है आज आपके पार्टनर आपके ऊपर बेवजह सक करते हुए दिखाई पड़ना है। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे फिर चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे मायनों में हो। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कोई जो है क्या कहते हैं कीमती समय बर्बाद हो सकता है साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात होगी जो कि राजकीय पक्ष में आपको लाभ करे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि सुंदर कांड का आपको पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों कि आज गाय को आप लोग बेसन के लड्डू जरूर खिलाएं। शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ वहीं वृश्चिक राशि के जातको खेलकूद के दौरान किसी तरीके की दुर्घटना होने की संभावना रहेगी इसलिए आप संभल कर रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज जो बच्चे रहेंगे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज्यादा समय क्या कहते हैं बिताकर आपको कुछ निराश कर सकते मतलब आपकी कसौटी पर आज आपकी संतान खड़ी नहीं उतरेगी आज आपका प्रिय आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा अर्थात जीवन साथी आज, आज आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे आप चाहे जितने एक्सक्यूज दीजिए लेकिन आपके ऊपर जो शक बन गया है वो बना रहेगा साथ ही साथ देखिए आज धन संबंधी हानि होती हुई भी दिखाई पड़ रही है तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सबसे पहले तो देखिए सुबह उठकर के गायत्री मंत्र का सूर्य देव के समक्ष बैठकर के 21 बार पाठ करिए दूसरा गाय को हरा चारा जब आप खिलाइए तो उसमें काला नमक डाल दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा एक सैजिटेरियस जी हाँ धनुराशि तो धनुराशि के जात को प्रॉपर्टी से जुड़े लेन आज पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आज आपको लाभ मिलेगा आज आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की जरूरत है आपके उम्र से जो कम है उनके ऊपर आज, आज आपको क्रोध नहीं करना है आज के दिन किसी के साथ बात विवाद करने से बचिएगा और कोई अनैतिक काम मत करिएगा मतलब विपरीत लिंग के प्रति आज आकर्षण भी दिख रहा है कोई छेड़खानी इत्यादि मत करिएगा अपना रवैया आज ईमानदारी पूर्वक रखिएगा और स्पष्टवादी रखिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर का शुभ अंक रहेगा दो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको कोशिश करना है कि सुंदर का पाठ करना है शनि की साले भी चल रही है और दर्शकों इस समय बड़ी विस्फोटक स्थिति हो चुकी है आ, हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मकर राशि जी हाँ कैप्रिकॉन क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है कई मजबूत ताकतें आज आपके खिलाफ काम कर रही हैं ये चीज़ आप बिल्कुल गाँठ बांध कर लीजिए कि किसी के ऊपर आज आपको भरोसा नहीं करना होगा आज आपको ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो मतलब जो आपके शत्रु हो ऐसा कुछ मत करिएगा आज के दिन आप लोग खामोश रहिएगा शांत रखिएगा देखिए जब बुरा समय होता है ना तो अगर हाथी पर भी कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसको भी कुत्ता काट लेता है तो अभी अपने बुरे समय को आप लोग व्यतीत करिए दो चार दिन की बात है और जैसे ही आपका समय आएगा फिर से अटैकिंग मूड में आ जाइएगा व्यापार से कुछ हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है बहुत ज़्यादा पैसों का निवेश शेयर मार्केट में मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज बजरंग बाढ़ का आप पाठ करिए पहली चीज और दूसरा सुंदरकांड यदि पढ़ सकते हैं पूरा तो पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कुंभ राशि तो गाड़ी चलाते समय साहब आज आपको सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं खास तौर पर आज आपको जो है टू व्हीलर चलाते समय ज्यादा सावधानी रखनी अन्यथा चोट चपेट इत्यादि लग सकती है सर फूट सकता है आज किसी और की गलती के खामियाजी से आपको चोट लगेगी इसीलिए बोलने हेलमेट या सीट बेल्ट पहन करके ही वाहन चलाया करिए बच्चों का जो है बच्चों के साथ आज आपका जो है समय बहुत अच्छा बीतेगा आज आपकी संतान आपके कथनानुसार कार्य करेंगे साथ ही आज आपकी कोई बुरी आदत आपके पार्टनर को या जीवन साथी को बुरी लग सकती है और इसी बात पर आगे चल के कुछ बात विवाद हो सकता है नाराज हो सकते हैं तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कुंभ राशि के जातकों को देखिए सबसे पहले तो आज सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए दूसरा किसी गाय को गुड़ और मसूर की दाल जरूर खिलाएं शुभ कलर रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातको थोड़ा सा विश्राम करना होगा और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहे प्रातः काल से लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आज आप बचत करने में जुट जाएंगे आज आप जो भी व्यापार कर रहे हैं खास करके जो लोग कपड़ों से जुड़ा हुआ या चमड़ों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इनके लिए आज का दिन देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है बेतहाशा वृद्धियों की बेतहाशा ये लोग लाभ कमाएंगे साथ ही साथ यदि कोई काम आपका टलता हुआ आ रहा था तो वो आज पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा उच्च अधिकारियों से आज, आज आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि सुंदरकांड का पाठ करिए पहली चीज और दूसरा आज के दिन यदि हो सके तो दुर्गा सप्तशती के कीलक कवच अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा कोरल ब्लू कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम